हेलो दोस्तों आज बोलहादू दो में अक्षय कुमार ने आईटीबीपी जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल मैच वायरल हो रहा है शानदार वीडियो अभिनेता अक्षय कुमार अक्षय कुमार का हाँ बच्चन पांडे का रिलीज़ किया है आगामी फिल्मों को लेकर लगातार डिजी चल रही है लेकिन इस बीच अक्षय कुमार भारत सीमा पुलिस आई टीबी बॉर्डर पुलिस के जवानों के साथ वालीबॉल मैच अक्षय कुमार वालीबॉल फील्ड में पहुँचे अक्षय कुमार के ढेर सारे फोटो वीडियो सोशल मीडिया आरोप सामने आए हैं जिसे देख फैंस खिलाड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं अक्षय कुमार ने सीमादून आई टीबी परिसर में संजय अरोड़ा निजी आई टीबी और बल के जवानों से मुलाकात की उन्होंने यहां वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया और फिर कैंपस में सेंट्रल स्कूल के बच्चों से मिले अक्षय कुमार ने बच्चों के साथ बातचीत की और उनका हौसला अफजाई किया उन्होंने अपनी फिल्म केसरी ऐसी गाई आरोप डांस भी किया इससे पहले भी अक्षय कुमार कई मौके आरोप देश के जवानों ऐसी मिलते साल 2017 हजार सत्रह में जड़ी एवेदियों को शूटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई कर्मियों के साथ वह वो वॉलीबॉल मैच खेलते नजर आए थे बता दें अक्षय कुमार पिछले कुछ हफ्तों से उत्तराखंड के मसूरी में हैं। लोग खूबसूरत वादियों के बीच अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं बता दें अक्षय कुमार इस साल बच्चन पांडे और पृथ्वीराज तो जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे इसके अलावा भी अक्षय कुमार बैक टू बैक कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में राम सपूर मिशन सिंगला राम सपूर और बड़े मियां छोटे मियां जैसी कई फिल्में हैं आप लोग रियल हीरो हैं मैं मैं मैं हीरो ओके और मैं सारे परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ उसको भी याद बैठे है हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन करें बहुत बहुत, बहुत।